की आंधियों में बुझा देने की क्या हो गया की इससे बड़ी गलतफहमी और क्या होगी कि धड़कने और सांसें अब तक जलती रही अंधेरों से इस कदर नफरत हो गई थी मुझे अब दिल में लगी आग से चिरागों को जलाना था खुली छतों के नीचे जला रहे थे बेमुश्किल ये दिए इस मंजर में इसी वक्त इसी वक्त बे मुश्किल यदि वो हमारी देवसी को यूं ही अजमाते रहे वो वार करते ही गए हम हुनर आजमाते रहे जिंदा है अपने गुनाह से वाकिफ होने के लिए वो पत्थर आजमाते रहे हम नजर आजमाते रहे जो लगे पत्थर बनके वो हर एक बता बता देते देते, हैं, जिंदा रहने की वजह ही क्या, मरने का राज़ बुझा गया है कोई मैं चिराग था पहले, जो जगह आज बंजर है बाग था पहले बदल दिखर कुछ इस कदर तकदीर ने, डरता हूँ आज धुए से मैं आ आग था दर लिखने वाले तूने भी क्या खूब लिखा? गमों के के तूफान लिए तुझे मेरा ही किसी की चाहत ने हमें करने न दिया जिंदगी छीन इस तरह की मरने न दिया उसी ने गिराया हमें जिंदगी के रास्तों पर जिसे आज तक कभी हमने गिरने न दिया उठा के जल दिया कंधों पे जमाना मुझे आज क्यों लोग मुझे मेहरबान हुए जाते हैं